जरा सोचे समझे अभिमानी चरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई क्यों बिशियाने में लपेटन पुरानी हो गई जरा सोचे समझे अभिमानी है डरिया पुरानी हो गई काशी पूजे मथुरा पूजे माता पिता को कोई ना पूछे काशी पूजे मथुरा पूजे माता पिता को कोई न पूछे माता पिता को कोई न पूछे हाय जिनकी खरी निशानी चगरिया पुरानी हो गई जरा से समझे अभी माने चगरिया पुरानी हो गई माता पिता की बात ना बूझे माता पिता की बात ना बूझे जो रु कहे तो सच सचपतियाए जो रु कहे तो सच सचपतियाए जो रु कहे तो सच सचपतियाए कल युग की यही निशानी सदरिया पुरानी हो गई जरा सोचे समझे अभी माने सदरिया पुरानी हो गई क्यों बिने में लिपटाने सदरिया पुरानी हो गई हिंदू हो के बकरा काटे हिंदू होके बकरा काटे आप काटे आप ही खाए आप काटे आप खाए आप काटे आप खाए और दो से दिए महारानी चदरिया पुरानी हो गई दर सोचे समझे अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई चदरिया पुरानी हो गई जरा सोचे समझे अभिमानी चलरिया पुरानी हो गई जरा सोचे समझे अभिमानी चलरिया पुरानी हो गई